जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आज आज की हमारी नई वीडियो में। हम जानेंगे नॉर्थ से साउथ का ग्लोबल ट्रेड कॉरिडोर जिस जो यूरोप से लेके हमारे द्वारा निर्मित किए गए ईरान के एक बंदरगाह को एक ट्रेन और सड़क मार्ग से जोड़ता है तो चलिए शुरू करते हैं हारस की खाड़ी काला सागर गलियारा अर्मेनिया का प्रस्ताव भारत को अजरबैजान को बाइपास कर यूरोप का मार्ग देख देना है रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रस्तावित कॉरिडोर अर्मेनिया और आगे रूस या यूरोप जाने से पहले मुंबई को ईरान के बंदरगाह शहर बंदर अब्बास से जोड़ने की उम्मीद है भारत को जल्द ही रूस और यूरोप के लिए एक और व्यापार मार्ग मिल सकता है अगर अर्मेनिया द्वारा कथित तौर पर फारस की खाड़ी काला सागर गलियारों के संबंध में एक प्रस्ताव पेश किया जाता है अर्मेनिया ने के विदेश मंत्री अरारत यान भारत यात्रा के दौरान पिछले सप्ताह अर्मेनिया के वरिष्ठ अधिकारियों ने यह पेशकश की थी रिपोर्ट के अनुसार प्रस्ताव कॉरिडोर के अर्मेनिया और फिर रूस यूरोप जाने से पहले मुंबई को ईरान के बंदरगाह शहर बंदर अब्बास से जोड़ने की उम्मीद है फारस की खाड़ी काला सागर गलियारा अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे आई के समानांतर चलने के लिए तैयार है और अजरबैजान को करेगा जो तुर्की और पाकिस्तान के के के साथ के भारत के साथ संबंधों संबंधों कारण भारत अच्छे का आनंद नहीं लेता है अर्मेनिया जिसने भारतीय रक्षा उपकरणों को बढ़ती खरीद के बीच हाल के दिनों में भारत के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित किया है ने कथित तौर पर अर्मेनिया क्षेत्र में फारस की खाड़ी काला सागर गलियारे के लिए भारत से निवेश मांगा है क्योंकि नया पश्चिम आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को बाधित करता है, रूस यूरोप सीवा से गुजरने वाले कार्गो का कोई भी बेड़े पैमाने पर परागमन अंतरराष्ट्रीय रसद और बीमा कंपनियों के लिए बहुत जोखिम भरा लगता है िन पोगन ले के संस्थापक और अध्यक्ष इंटी ने सेंटर फॉर पैंगलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्ट्रैटेजिक स्टडीज और पी आर आर्मेनिया में सीनियर रिसर्च फॉलो के हवाले से बताया उसी समय सुएजनेर को दर किनार कर यूरोप तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त व्यापार मार्गों की की भारत की आवश्यकता है। इन्स, के की चर्चाओं के समान अंतर, दो हजार छोला में ईरान ने एक नई अंतरराष्ट्रीय परिवहन गलियारा परियोजना की खाड़ी काला सागर को आगे बढ़ाया जिसे दक्षिण दक्षिण काकेशस के माध्यम से ईरान को यूरोप से जोड़ना चाहिए कोविड महामारी के वार्ता में रोक दिया गया था, लेकिन परियोजना के सभी प्रतिभागियों ईरान, जॉर्जिया अजरबैजान बुल्गारिया और ग्रीस ने भारत भाग लेने में आनी रुचि व्यक्त की उन्होंने कहा आई के माध्यम से रूस के साथ व्यापार रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद बढ़ा है हालांकि अजरबैजान आईएनएसटीसी का एक प्रमुख हिस्सा है जो मुंबई को ईरान और केसपियन सागर के माध्यम से जोड़ता है तो हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर यह वीडियो में बताई गई जानकारी आपको समझ में आई या पसंद आई तो हमारी चैनल स्टडी एफ को सब्सक्राइब करना न भूले ताकि ऐसी नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम